किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला जो इस मुसीबत से बच गए थे उसको वसूलों ने मार डाला